डिंडोरी के नवोदय के छात्रा का प्रदेश की हैंडबॉल टीम में चयन हुआ है छात्रा गरिमा मरावी 11वीं कक्षा में साइंस की छात्रा है को इंदौर रवाना जहां की टीम के कोटा में हैंडबॉल खेलेगी इंदौर में दो जनवरी को हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए छात्रों का चयन होना था उस दौरान डिंडोरी सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों से करीब सौ छात्राएं प्रतियोगिता में शामिल हुई जिनमें ढिंडोरी से गरिमा को चयनित किया गया बताया जा रहा है राजस्थान में चवालीसवीं जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप जयपुर के पास ढिंडवाड़ा में होगी और 11 से 15 जनवरी के बीच मैच खेला जाएगा वहीं गरिमा के चयन होने पर नवोदय विद्यालय के छात्रों और टीचरों सहित परिजनों ने काफ़ी खुशी जाहिर की है मैं तो सर बचपन से मैं बच्चों को यही सिखाया हूं कि बेटा जो आपको अच्छा लगे वही करिए और बच्ची हमें हर समय खेलने में ज़्यादा आंगी थी और जवाह नवोदय विद्यालय में मैंने इनको प्रियोष दिलवाया तब भी और वायु दिलवाया तब भी इनका खेल में ज़्यादा झुकाव है और इसलिए वो खेल में ज़्यादा करती हैं मैं तो चाहता हूँ कि हो सकता है अच्छा स्कूल मिल जाए तो मैं खेल स्कूल में इनको एडमिशन करवाने की मैं जवाहर नवोदय विद्यालय धमकड़ डिंडोरी में पढ़ती हूँ और मैं राजस्थान डिडवाना में जा रही हूँ खेलने के लिए उसमें एक टीम बनती है जिसपे छः लोग रहेंगे एक गोल रहेगा पाँच खेलेंगे और एक, एक एक्स्ट्रा इंदौर पर गर्ल्स का हैंडबॉल टूर्नामेंट हो रहा था वहाँ पार्टिसिपेशन किया